लुआती तेरी बाहों में लुआती तेरी बाहों में मैं खो गई कहा हाजिर है जान जाने वाली जान के हाजिर है जान दे